आइए देखते हैं कि इसका जवाब क्या है उत्तर है क्योंकि ये अकेली ऐसी उंगली है जिसकी नस सीधे दिल से जुड़ी होती है